अब देखो तो ये फिल्म हॉरर कॉमेडी है एंड जिस चीज आपका ट्रेलर है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये फिल्म ऑडियंस के लिए मजा के एंड इनके प्रोड्यूसर के लिए ये फिल्म एक हॉरर साबित होगी बिकॉज ट्रेलर बेकार तो नहीं है लेकिन यार इतने से काम चलेगा भी नहीं जरा भी नहीं चलेगा एंड मैं अब भी बोलते रहो ये फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है अगर गाना रहे अच्छा तो बचा लेगा लेकिन सिर्फ गाना सुनना रहे तो घर पर इधर पर ही सुन लेंगे लोग पब्लिक लेकिन क्या ही बोलूंगा यार आज सबसे पहले आप लोग को एक न्यूज सुना दू अक्षय कुमार रिमेक कर रहे हैं एंड उन्होंने डाला भी एक छोटा सा वीडियो एंड आप लोगों को बता दो अक्षय कुमार के साथ है एक्ट्रेस राधिका मदन मतलब ये किसने कास्टिंग की रहेगी किसने कास्टिंग की रहेगी इतना बड़ा मूर्ख इतना बड़ा मूर्ख वर्ड्स no अक्षय कुमार एंड राधिका मदन वो उनकी बेटी जैसे लग रही है यार अरे लेकिन चलो यार ये रीमेक तो हमें झेलना ही पड़ेगा देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं जब प्रोड्यूसर ही एक्टर सूर्या है सूर्याक हो तो ऑडियं क्या ही कर सकती है आर्यन एंड किआर आडवाणी तब्बू एंड राजपाल यादव अब देखो मैं आप लोग को एक चीज बता दू अब पार्ट वन जो था भूल भुलैया वो मलयालम फिल्म की रीमेक थी बट प्रिय ने वो जो मैजिक था ना वो बरकरार रखा था उस फिल्म में हॉरर उस फिल्म में कॉमेडी उस फिल्म के गाने गांड फाड़ फिल्म थी वो एकदम गांड फाड़ फिल्म थी यार इतनी मेमोरेबल है हमारे लिए वो फिल्म क्योंकि बचपन हमारा जुड़े उस फिल्म के साथ मानव इतने बार हमने देखा रहेगा एंड उसके गाने तुम अरे यार श्रेया घोषाल ने जिस हिसाब से वह गाना गाया देना आज तक है मेरे प्ले लिस्ट में कॉमेडी को, को आज भी रूल करना चाहते हैं यही कॉमेडी फिल्म में बना सकता हूं लेकिन आप देखो आपको नहीं हंस यारे हस हंस हंस हंस ऐसा करके हंस आएंगे क्योंकि देखो यार मैं आप लोग को पहले ही बता दू वो प्रिय दर्शन थे उस टाइम पे उन्होंने मैजिक क्रिएट किया था तो वो चल गया था अब प्रिय दर्शन वही मैजिक अभी के टाइम पे लेकर आए थे हंगामा टू नहीं चली एंड दूसरी बात अनीस बस की अभी लेटेस्ट जितने भी फिल्में वो देख लो पागलपंती मुबारका एंड फिर उनकी कौन सी एक फिल्म आई थी वेलकम बैक वो कॉमेडी था ही नहीं एंड वो जो उनके पुराने फिल्मों में रहते थे ना वेलकम नो एंट्री ये सब जो फिल्म में जो कॉमेडी थी इनफैक्ट उनके कैरेक्टर्स जो रहते थे ना ऑडियंस इतना कनेक्ट करते थे कि यार मतलब जुड़ गई होती है मानो एंड इतना हंसते थे वो सीन्स को देखकर आज भी आप देखोगे खाना खाते हुए ना तो आपको मजा आ जाएगा लेकिन वही सेम कॉमेडी अभी के टाइम पर चले मैं अभी भी बोल रहा हूं ये सब वेस्ट है भाई सब वेस्ट है एनवे भूल ट्रेलर देखा एंड ट्रेलर शुरू होता है श्रेय घोषल की आवाज में एंड खत्म होता है अरिजीत सिंह के आवाज में बस समझ लो यही अच्छा चीज है बाकी कुछ कार्तिक आर्यन ट्रेलर में एकदम मजबूत बेकार लग रहे एंड जहां पर वो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ कोशिश ही हो जा रही है एंड जहां पर वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो हॉरर में हो जा रहा है एंड कार्तिक आर्यन के साथ साथी एंड कियरा अडवाणी बिना मेकअप वाली टिकटॉकर सॉरी मंजूलिका भी बनी है नजर आती है बट आई थिंक ऑडियंस एक्सेप्ट कैसे करेगा यार विद्या बालन ने वो रेंज में वो कमाल किया था ये रेंज नहीं है यार ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा मेरे को तो कुछ भी एंड दूसरी बात प्रिया करोगेक्टर तो वैल्यू देते जितने भी कॉमेडी फिल्म बनाने की जो ट्राई करते ना वो देख लो वो सिर्फ हीरोइन ही को ही वैल्यू देते आप नोटिस करो यहां पर राजपाल यादव को कचरा कर दे संजय मिश्रा को कचरा कर दे कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं है एंड जिस हिसाब आपका ये ट्रेलर काटा है ये मतलब आप बोलोगे कि, कि ये कॉमेडी है या कांग्रेस बिकॉज मजा नहीं आ रहा है लेकिन क्या बोले यार बहुत ही मिक्स वाइड बहुत ही मिक्स अब देखो दो चीज अच्छी बाकी स्टोरी तो डिरेक्टर साहब भी नजर में ही लाते कि आएगी आएगी आएगी तो देखते क्या होता है अब देखो अक्षय कुमार की जो भूल बुले उसके कोई नहीं भूल सकता एंड आज जो मैं भूल बुले के बाद ट्रेलर देखा तो उसके बाद यही बोल सकता को मतलब पब्लिक बोलेगी ठीक है ऐसे बोल सकती It will not work and आप लोग का क्या कहना है इस पे आप लोग कमेंट करके बताइए बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने से काम नहीं चलेगा यार नहीं चलेगा गए एंड पब्लिक के दिमाग में जो मेमोरी है ना अक्षय कुमार राजपाल यादव विद्या बालन का वो कैरेक्टर है एंड उसके गाने को लेके वो रिप्लेस नहीं हो सकता यार Anyways, फिर भी चलो देखते हैं कि कार्तिक आर्यन लव आजकल टू के बाद इसकी कितनी बूझ मार सकते हैं एंड उम्मीद करते फिल्म चले अच्छी भी निकले एंड उम्मीद करने से घंटा कुछ नहीं होता एनिवेड सब्सक्राइब भी कर दो यार कर दो सब्सक्राइब मिल जाए